मेरे फर्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मेरा नाम रोहित है और मैं देवास से बिलोंग करता हूँ और मेरे एजुकेशन की बात की जाए तो गाइस मैं क्लास में पढ़ता हूँ फर्स्ट व्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो गाइस मैंने भी यहाँ से सोच लिया है कि मैं भी यहाँ से ब्लॉग शूट करूँगा तो गाइस आप बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसे ही ब्लॉग मैं रोज़ लाता रहूँगा गाइस तो गाइस बने रहिए है हमारे फर्स्ट ब्लॉग गाइस आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और सपोर्ट कर दो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज ऐसे ही ब्लॉग में लाता रहूँगा